अरे क्या वो लगता शायद बेडरूम में। में अरे सर सर अरे। लगता सर अबे सर। अबे सर है शायद बेडरूम ये के अंदर ही हैं। ठीक है, है। जन बोला हाँ ठीक है ठीक है चल